वेलकम टू माई YouTube चैनल कोटवी श्यामंदन कोटवीर श्यामंदन में आपका स्वागत है आज हम लोग सीखेंगे न्यू जी मेल अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को कॉल कर दे ताकि मेरे नए वीडियो आप लोगों को मिल जाए अगर Facebook, Instagram एंड Twitter पेज को फॉलो ना किया हो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके फॉलो कर लेना चलो स्टार्ट करते हैं लेट स्टार्ट क्रोम ओपन करेंगे अपना क्रोम ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा क्रोम का उसके बाद यहाँ पर सर्च करेंगे क्रिएट जी अकाउंट सर्च करने के बाद ऐसा ही क्रिए सर्च करने के बाद सर्च ऑप्शन ऐसा आएगा ऑप्शन देखिए ऑप्शन तीन दे रखा सेकेंड पर सेकेंड ऑप्शन पर जाना है आप लोग का सेकेंड ऑप्शन पर जाने के बाद थर्ड ऑप्शन पर जा सकते हो यहाँ पर डबल डबल ऑप्शन दे रखा है फॉर माई सेल्फ दे रखा है टू मैनेज बिजनेस अकाउंट हम लोग फॉर माई सेल्फ पर जाना है सेल्फ पर जाने के बाद फिर के ऐसा इंटरफेस आ जाएगा यहाँ पर लिख रखा है यहाँ पर दे रखा है क्रिएट अकाउंट यहाँ पर क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन दे रखा है वहाँ पर फॉर योर सेल्फ में जाएँगे हम लोग बिजनेस मैनेज अकाउंट आपको बिजनेस होगा तो बिजनेस करेंगे मतलब फॉर योर सेल्फ में जाएंगे और सर पर मिल जाने के बाद यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे मेरा फर्स्ट नेम हो जाएगा जिस एप्लीकेशन से बना जिसका यूट्यूब चैनल से बनाओगे जिस नाम से यूट्यूब चैनल उस नाम से एप्लीकेशन यहाँ क्रिएट कर सकते हो जीमेल अकाउंट मेरा जीमेल अकाउंट मेरा बनाता हूँ मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम रखा वहाँ पर अपना नेम डालूँगा मुकेश यहाँ पर कुमार डालूँगा सेकंड नेम में कुमार हो गया यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट करने के बाद वेट करेंगे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ माने देगा डेट ऑफ बर्थ डालेंगे डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ऊपर जें डालने के बाद नेक्स्ट कर देंगे नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आ गया अपना मेरा शो ऑप्शन नंबर क्रिएट जी अकाउंट तो यहाँ पर हम लोग वो अकाउंट क्रिएट करेंगे जैसे यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं तो मेरा जी अकाउंट होगा और तो पासवर्ड सेट करेंगे अपना सेट कर लेना। है यहां सेट करने के बाद यहाँ यस आई एम इन करेगा यहाँ क्लिक कर लेंगे यहाँ नेक्स्ट कर लेंगे यहाँ पर एग्री कर लेंगे वेट करना पड़ेगा वेट करने का यहाँ पर देखो सो रहा मेरा जीमेल अकाउंट क्रिएट हो गया जीमेल अकाउंट थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना यार